एक व्यक्ति की उम्र का निर्धारण उस दर्द की मात्रा से किया जा सकता है जब वह किसी नए विचार के संपर्क में आता है जीवन लग जाता है इस लाइन को समझने में इससे उम्र का निर्धारण नहीं होता कि उम्र कितनी साल हो गई वो कितने नए विचारों के संपर्क में आता है और नए नए विचार जब आते हैं तो दर्द होता है जो काम आपने कभी नहीं किया हो अगर वो जिम्मेदारी अचानक मिल जाए नया विचार दर्द देगा लेकिन उम्र अनुभव में तभी पकती है जब आप कितने नए प्रयोग किए जीवन के कितना आपने अपने आप को इमोशनली सिक्योर्ड किया नए विचार ऊर्जा से लवरेज करते हैं करोड़ों रुपए खाते में तब आएंगे जब नए विचारों के संपर्क में आओगे